नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपने YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं या एक हज़ार सब्सक्राइबर 4000 घंटे फर्स्ट टाइम कैसे पूरा कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा इसमें पूरी जानकारी आपको पूरी डिटेल्स के साथ देंगे अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हम ऐसे ही वीडियो आपको लिए डालते रहते हैं तो चलिए आपको बताता हूँ कैसे होता है YouTube सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए फ़्रॉड ये देखिए मैंने एक बंदे से बात की उसने साढ़े चार सौ में बारह सब्सक्राइबर की बात की मुझसे उसने कहा मैं बारह सब्सक्राइबर आपको दूंगा साढ़े चार सौ रुपये लगेंगे जिसने सौ आपको पहले पे करने होंगे और बाकी का बाद में उसने क्यू कोड दिया और उसके बाद मैंने उसको हंड्रेड रुपये पे कर दिया हंड्रेड रुपये पे करने के बाद उसने मेरा चैनल लिंक मांगा मैंने उसको लिंक दे दिया बाद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे थोड़ी देर के बाद जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए उसने मुझसे पूछा मैंने कहा ओके उसके बाद उसने कहा कि बाकी का पैसा पे करना है मैंने बाकी का पैसा भी पे कर दिया उसके बाद पे होने के बाद कोई एक दिन तक कोई बात नहीं था मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा पा था थोड़ी देर के एक दिन के बाद मेरा सब्सक्राइबर कम होने लगा तो मैंने उससे बात की मैंने उससे पूछा सर ये क्यों कम क्यों हो रहा है तो उसने बोला कि पूरा सब्सक्राइबर अगर रखना है तो उसके लिए आपको तीन हज़ार रुपये पे करना होते हैं इसका क्या मतलब है आप लोग समझदार हैं समझ सकते हैं कि ये सरासर फ्रॉड है नहीं कि ऐसा कोई भी लिंक ना भेजे किसी को भी ना दें पैसे ना दें यहाँ पे बहुत फ्रॉड होता है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी को भी पैसे देकर सब्सक्राइबर ना बढ़वाएँ अगर आपको सब्सक्राइबर बढ़वाना है तो किसी भी YouTube चैनल से आप अपने चैनल को प्रमोट करवा सकते हैं जिससे आपके चैनल पे लोग आएंगे और आपका वीडियो देखेंगे अगर आप वीडियो अच्छा रहा तो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका चैनल प्रमोट करूं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक सुंदर सा कमेंट्स कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ वहां से जाके आप नंबर निकाल के मुझे WhatsApp कर दीजिएगा मैं आपका अगली वीडियो में चैनल प्रमोट कर दूंगा। देखा कि कैसा फ्रॉड होता है तो आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी तरीका यूज नहीं करना है आप आज के वीडियो में इतना ही था मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर वीडियो पिक अगर आ, आप भी कभी ऐसे फँसे हैं तो कमेंट्स करके बता दीजिए कि हाँ आपके साथ धीरे सब्सक्राइड सा हुआ अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए तो मैं आपका चैनल प्रमोट कर सकता हूँ आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए और मेरा व्हाट्सअप नंबर है मेरे डिस्क्रिप्सन में वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद